या देवी शर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेणु संस्था नमस्त नमस्त नमस्त नमो नमः वार की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए धरती माँ का वंदन करते हुए आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे लखनऊ से आप सभी दर्शकों के समक्ष दिनांक 6 दिसंबर का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूं हमारा प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित रहेगा चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित रहेगा तो दर्शकों आज के राशिफल पर आगे बढ़े उससे पहले आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं तो आज का पंचांग क्या कहता है विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर सख्त मार्च इस मास शुक्रवार दिन रहेगा और सूर्य होगा प्रातः छह मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर आठ मिनट पर दक्षिणायन चल रहा है और आज जो तिथि रहेगी दर्शकों ये दसवीं तिथि रहेगी देखिए पंचांग पांच अंगों से मिल करके बना होता ये है ये पांच अंग हैं तिथि वार नक्षत्र योग करण नौवीं को जैसे हमने बताया था कि लौकी का सेवन नहीं खाना चाहिए उसी प्रकार से दसवीं को कलंबी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा इसके बाद रेवती बुद्ध का नक्षत्र रहेगा करण की बात करें तो तैतिल करण रहेगा और अंतिम करण रहेगा गर योग रहेगा सिद्धि इसके उपरांत व्यतिपात योग रहेगा दर्शकों अशुभ समय पर आ जाते हैं कि आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल क्या रहेगा तो सुबह दस बजकर उनतालीस मिनट से लेकर के ग्यारह बजकर सत्तावन मिनट का जो समय रहेगा यह अशुभ समय का रहेगा राहु काल का रहेगा शुभ समय पर आ जाते हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा यदि किसी कार्य को आप लोग करने जा रहे हैं तो बारह बजकर मिनट से लेकर के बारह मिनट के बीच में आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं कोई हानि नहीं होगी चंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में चलायमान है सूर्य देव राशि में चलायेमान है और दर्शकों आज के दिशा की बात करें तो शुक्रवार को पश्चिम दिशा की ओर होता है पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा यदि आपको किसी किन्हीं परिस्थिति पर बस यात्रा करनी पड़ जाए तो आपका प्रयास यही रहना चाहिए कि आज मिश्री का सेवन सौफ का सेवन और दही का सेवन करके आप लोग यात्रा करिए और पहले आप लोगों को पूर्व दिशा की ओर चार पक चलना रहेगा तद पश्चात आपको पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करनी रहेगी तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग अब हम बढ़ते हैं अपने राशिफल पर आज का राशिफल कहता क्या है मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र सितारे चाल ये सब क्या बताते हैं और इनको शुभ बनाने के लिए क्या उपाय है तो राशिफल में जो हमारी पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों आज का दिन वैसे तो आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ ही देगा लेकिन आज आपके द्वारा कोई ऐसा काम हो सकता है जिसका पछतावा आपको लंबे समय तक रहेगा दिन के के के अर्थात पहले भाग से के भाग से लेकर दोपहर तक व्यर्थ की लगी रहेगी फिर भी व्यवहार पूर्ति के लिए आज आपको प्रयास करना पड़ेगा आज आकस्मिक धन लाभ मिलने का समय रहेगा लेकिन ध्यान यहां पर यह रखिएगा कि लापरवाही यदि आप करते हैं तो लाभ के स्थान पर हानि में भी ये तब्दील हो सकती है आज स्वास्थ्य आपका संतोषजनक रहेगा कार्य क्षेत्र पर विस्तार करने के अवसर मिलेंगे धन निवेश से न डरें भविष्य में आपको जो है अगर आज आप निवेश करते हैं तो आगे चलकर के अच्छा धन लाभ होगा घर में शाम तक की स्थिति समान रहेगी इसके बाद पत्नी से कुछ आपका जो है बात विवाद झगड़ा हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि लक्ष्मी सहस्त्र नाम इसका आप लोग पाठ करिए क्योंकि आपको धन लेना है अपनी ओर धन आकर्षित करना शुक्रवार जो दिन होता है माँ लक्ष्मी का दिन होता है तो अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी है तो आज यदि आप लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दूसरा आज आप लोग कोशिश कीजिए कोई सफेद मिठाई गाय को खिला सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा आज व्हाइट तो और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक वृषभ राशि के जात को आज का दिन आपके फेवर में रहेगा उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा लेकिन आपके अंदर की समझ की आज कमी दिखती हुई जो है दिखाई पड़ रही है आज घर परिवार में कोई आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है कार्य व्यवसाय एवं दैनिक कार्यो में आज परिश्रम अधिक करना पड़ेगा लेकिन इसका परिणाम आपके पक्ष में रहेगा बहुत सकारात्मक रहेगा आज आपको बिन मांगे सहयोग भी मिलेगा किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में आएंगे जिनके द्वारा आज, आज आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे आज टालमटोल करने की स्थिति में या अनदेखी करते हैं तो आज कई कॉन्ट्रैक्ट कई प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल सकते हैं धन की आमद निश्चित रहेगी सामाजिक व्यवहार उत्तम रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज, आज आपको प्रयास ये करना है कि, कि किसी छोटी कन्या को आज आपको चॉकलेट या टॉफी या मिठाई जो भी कह सकते हैं ये आप लोग खिलाइए दूसरा श्रीमंत्र का आपको मानसिक जाप करना रहेगा घर से निकलने से पहले मिश्री का सेवन करके निकलिए दिन शुभ जाएगा शुभ कलर भी आपके लिए आज व्हाइट रहेगा शुभ अंक आपके लिए दो रहेगा जेमिनी जी हाँ मिथुन राशि के जातकों तो आज भी दिनचर्या संघर्ष वाली रहेगी दिन के आरंभ से ही मन किसी अरिष्ट की आशंका से व्याकुल रहेगा हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता घर अथवा कार्यक्षेत्र पर टूट फूट अथवा अन्य कारणों से हानि होने का भय है आर्थिक मामले अधूरे रहने के कारण धन संबंधित समस्या भी आज आपको झेलनी पड़ जाएगी घर चलाना थोड़ा सा आज भारी पड़ेगा आज आप किसी से उधार लेते हुए दिखाई पड़ रहे परिजन आपकी मनोदशा को जानते हुए भी आज आपको अनदेखा करेंगे तो कुल मिलाकर के मानसिक जो आपके अंदर दुर्बलता आएगी मानसिक बोझ जो आपके अंदर आएगा इससे आपको बचना रहेगा उपाय के तौर पर भ्रामरी प्राणायाम करिए दूसरा आज कोशिश आपको ये करना रहेगा जव का दान आपको धर्म स्थान पर करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात हमारी जो अगली राशि है कर्क है लेकिन आप लोगों से बताना चाहेंगे दर्शकों की आप लोग प्लीज कमेंट में जय श्री राम का उद्घोष करिए और आपके इस कमेंट का प्रत्युत्तर मैं भी दूंगा तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और जय श्री राम जरूर लिखे कर्क के जात को आज का दिन आपके लिए अनुकूल जो है भरा रहेगा जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें अन्य लोगों की तुलना में शीघ्र आपको सफलता मिल सकती है लेकिन व्यवहारिकता की आज आपके अंदर कमी या स्वार्थी वृत्ति आज कुछ अभाव भी बनाएगी कार्य पर धन को लेकर के आज किसी भी प्रकार का समझौता न करें तो बेहतर रहेगा आज पुराने कार्य में विलम्ब होने पर कहा सुनी सकती कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आज सारे जो फैसले होंगे या कोई भी कार्य होगा का उलझनों को ठीक तो रहेगा ठीक रहेगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको कोशिश करना है भागवत पुराण का ये मंत्र है दुर्गा सप्तशती में जो है इसका वर्णन आता है यदि आप इस मंत्र का कायदे से एक माला जाप कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी अः शुभ कलर आपके लिए भी रहेगा आज व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार सिंह राशि ग्रह के राजा की राशि तो सिंह राशि के जात को आज के दिन सुख शांति में वृद्धि होगी लेकिन शरीर में कोई नया विकार भी बनेगा आज आपकी कार्य गति थोड़ी धीमी रहेगी कोई भी कार्य एकदम आज पर आने पर ही करेंगे फिर भी अन्य लोगों की तुलना में जल्दी और अधिक सफाई रहेगी मध्याह्न के बाद स्वभाव में तेजी आएगी कार्य व्यवसाय से लाभ आशाजनक रहेगा फिर भी संतोष नहीं रहेगा अधिक पाने की लालसा आपको जो है अधिक पाने की जो लालसा ये आपको परेशानी में डाल सकती है अथाधैर्य से काम ले अति सर्वत्र वर्जते किसी भी चीज के यदि आप अति करेंगे तो वर्जित है वो नौकरी वाले लोग महत्वपूर्ण कार्य संपन्न पर जो है होने से प्रसन्न रहेंगे उच्चाधिकारी इनकी आज किसी महत्वपूर्ण फाइल पर या दस्तावेज पर अपनी सहमति दे सकते हैं अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं व्यवसायी वर्ग धन का निवेश करने से बचें आने वाले समय में व्यवधान आएंगे सेहत भी संध्या के बाद प्रतिकूल होने लगेगी उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा शिवलिंग पर जल में मिश्री केसर डाल करके अभिषेक करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ कन्या राशि के जातकों आज के दिन आप पिछली गलतियों से सीख लेंगे व्यवहार में सुधार करेंगे मीठा बोलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए दिखाई पड़ घर के सदस्य बजट से अधिक मांग पर दिनचर्या को जटिल बनाएंगे आज दिन भर धन संबंधित मामले दिमाग में चलते रहेंगे फिर भी आज धन की तुलना में बौद्धिक क्षमता की उन्नति अधिक होगी मध्यान्ह के आसपास सगे संबंधियों से किसी बात को लेकर टकराव होने की संभावना रहेगी आज स्वास्थ्य की नरमी जो है ए, दिखाई पड़ रही है और मानसिक बेचैनी आज आपको जरूर रहेगी कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी पर धन लाभ के लिए कुछ थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने बाहर जाने के प्रसंग बन रहे योग बन रहे हैं आज अपने अंदर जो मानसिक अंतरद्वंद चल रहा है इसको छोड़ना ही ठीक रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज दुर्गा सप्तशती के कीलक कवच अर्गला पाठ को आपको करना रहेगा तथा सिद्ध कुंजी का स्त्रोत भी आपको पढ़ना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा जो है छः तुला राशि आज बसते बसते कले होने की संभावना रहेगी आज स्वभाव में नरमी रखना अत्यंत आवश्यक है यदि आप जल्दी से किसी विवाद में नहीं पड़ेंगे आ, लेकिन वातावरण ही ऐसा बनेगा कि ना चाह कर भी आपको क्रोध आएगा व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में दूसरों के लड़ाई झगड़ों में आज, आज आपको नहीं पड़ना आर्थिक कारणों से घर एवं कार्यक्षेत्र पर खिस्तान रहेगी भाई बंधुओं से किसी पुराने विवाद को लेकर के तीखी झड़प होने की संभावना है बेतुकी बयानबाजी से बचिएगा अन्यथा स्थिति अनियंत्रित हो सकती है नई सरकारी उलझनें भी बनने के आसार हैं यदि आप सरकारी करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को शिवलिंग पर दही से अभिषेक करना है उसके बाद गंगा जल से आप लोग नमा शिव मंत्र से अभिषेक करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा तीन वृश्चिक राशि के जातकों आज का दिन थोड़ा उठापटक वाला रहेगा आज एक समय में मन दो कार्यों में भटकने के कारण मनचाही सफलता नहीं मिल पाएगी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अधिक रहेगा जिसके चलते किसी भी अनुचित मांग पूरा करने में संकोच नहीं करेंगे लेकिन याद रहे बाद में यह आत्मग्लानी का भी कारण बन सकता है मध्यान्हन बाद कार्य व्यवसाय से लाभ की आशा जागेगी लेकिन मेहनत आज आपको अधिक करना पड़ेगा आज वाहन आपको सावधानीपूर्वक चलाने के सितारे सलाह दे रहे हैं व्यर्थ का समय मत खराब करिएगा अपनी पढ़ाई पर ध्यान जो है दीजिएगा जिन लोगों का एग्जाम है उनके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है आज आपके जीवन में जो है कोई जो है नए मेहमान का आगमन हो सकता है आपके परिवार में किसी जो है मतलब जो है नए सदस्य का आगमन हो सकता है जिनकी चाह आपने बहुत वर्षों से की थी आ, सेहत में छोटे मोटे विकार लगे रहेंगे उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि माँ लक्ष्मी को आज आपको जो है खीर बना करके भोग लगाना रहेगा तथा श्री सूक्तम का पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज रेड कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच वही धनुराशि के जातकों लेकिन धनुराशि पर आगे बढ़ें जयपुर और दिल्ली का हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है जो भी दर्शक जयपुर इसके आसपास के क्षेत्र से देख रहे हैं या दिल्ली से देख रहे हैं तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं पर्सनली मिलकर के साथ ही साथ दर्शकों आप लोगों से पुनः अपील करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कीजिए ज्योतिष संबंधित तमाम ऐसी वीडियो मिलेंगी जिनमें आपका ज्ञान जो है वर्धन हो और ऐसी वीडियो आपको मिलती रही तो इसके लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है राहू से संबंधित एक वीडियो हमने अभी चैनल पर डाला हुआ है आप लोग उससे जा कर देख सकते हैं उसके उपायों को आप अपने जीवन में अपना करके सुगमता ला सकते हैं तो धनु राशि के जातकों आज का दिन धैर्य से बिताने में ही भलाई रहेगी मेहनत करने पर तुरंत लाभ की आशा ना रखें आज किया परिश्रम का फल शाम के बाद दिखने लगेगा लेकिन धन प्राप्ति में आज कुछ देखिए दर्शकों अड़चने आएंगी आज केवल आश्वासनों से ही आपका काम चलना जो है चलता रहेगा किसी पारिवारिक समारोह में आप शामिल हो सकते हैं मध्यान्हन तक का समय कार्य व्यवसाय के लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा इसके बाद परिस्थिति से समझौता कर लेने स्वभाव में संतोष रहेगा धन अथवा अन्य किसी भी प्रकार के वादे करें तो ठीक रहेगा आज घर का कोई सदस्य जिद पर आपके अड़ा रहेगा जिसमें कुछ समय के लिए शांति भंग होगी महिलाएं अपने कार्य कार्य अन्य के कार में जो है मीन मेक झगड़े का प्रमुख कारण बनेगा आपके आज जो है शरीर में बहुत दर्द रहेगा खास करके कमर के निचले भाग से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आएगी उपाय क्या करना रहेगा तो सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए आदित्य स्त्रोत का पाठ करिए तथा यदि यहाँ संभव हो तो माँ लक्ष्मी के 108 नामों का आप लोग जाप करिए माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र है जैसे ओम श्रीम श्रीय नमः है या ओम श्रीम श्रीम, श्रीम कमले कमलाल प्रसी प्रसिदा श्रीम ओम मा नमः तो किन्हीं भी एक मंत्रों को ले लीजिए 108 बार आप लोग जरूर जपें दिशा का आज आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा अन्यथा बड़ा अनर्थ होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक कैप्री कौन मकर राशि तो मकर राशि के जात को आज का दिन आपको कोई नई खुशी दे करके जाएगा धन लाभ उम्मीद ना होने पर भी अकस्मात होगा कार्यों के प्रति गंभीर रहेंगे दिन भर की मेहनत का आकलन शाम के समय संतोषजनक रहेगा आज आपके मन को भटकाने वाले प्रसंग भी बनेंगे सही दिशा में जा रहा कार्य किसी के गलत मार्गदर्शन से गलत होगा इसे सुधारने में समय खराब करेंगे महिलाएं किसी कार्य पूर्ति को लेकर के आशंकित रहेंगी धैर्य ना खोएं देर से ही सही सफलता आज आपको अवश्य मिलेगी धन संबंधित कार्य अन्य दिनों की तुलना में शीघ्र बनेंगे आर्थिक रूप से आज आप लोग सक्षम जो है रहेंगे फिर भी आज आपके अंदर जो एक माइजर है अर्थात कंजूस प्रवृत्ति है ये कहीं ना कहीं दिखेगी सहकर्मियों को आज आप लोग जो है अपने उच्चाधिकारियों के सामने नीचा दिखाते हुए नजर आएंगे तो ऐसा आपको नहीं करना रहेगा सेहत समान रहेगी यदि आप अपने परिवार के किसी बुजुर्ग की अनदेखी करते हैं तो आज आपके काम बिगड़ेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो वृद्ध जो है व्यक्तियों के आपको आशीर्वाद लेना रहेगा साथ ही किसी सुहागिन महिला को सुहाग से संबंधित कोई भी सामग्री जैसे मेहंदी हो गई चूड़ी हो गई कंघी हो गई परफ्यूम हो गया Uh, कोई भी क्रीम हो गई सौंदर्य की तो ये आप लोग दे सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं लेकिन दर्शकों फटाफट लाइक कीजिए और जय श्री राम का आप लोग उद्घोष कीजिए तो कुंभ राशि के जात को आज के दिन में जो है आपके कार्य में जो आ रही बाधा रहेगी ये दूर होगी शारीरिक सामर्थ्य भी आज कम ही रहेगा फिर भी जबरदस्ती करेंगे व्यवसायी वर्ग अधूरे कार्य पर ज्यादा ध्यान दे सकता है धन पाने का भी जो है यही साधन रहेगा जो लोग लोहे से रिलेटेड इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है मध्यान्ह तक स्थिति अनियंत्रित रहेगी चाह भी मन के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे लेकिन दोपहर बाद थोड़ा बदलाव आने लगेगा किसी की सहायता मिलने पर जटिल कार्य आज आसानी से पूर्ण कर लेंगे पूर आज, आज, आज आपके परिजन सहकर्मियों पर आपका क्रोध बरसेगा आज जो है मतलब आपके आस पड़ोस में कोई विवाद होगा उसमें आप लोग पड़ जाएंगे और इस कारण कोर्ट कचहरी या पुलिस से रिलेटेड मामलों में आप फंस सकते हैं इनसे आपको बचना रहेगा उपाय क्या करना रहेगा तो दूसरों के लड़ाई झगड़े में मत कर पड़िएगा दूसरा अपनी वाड़ी पर आप लोगों को संयम देना रहेगा और तीसरा जो आज प्रयोग रहेगा तो आप लोग कनक धरा स्त्रोत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ अंतिम राशि पर चलते हैं बहुत लंबा राशि फल देखिए हो रहा है अंतिम राशि आती है हमारी मीन राशि तो मीन राशि के जात को आज का दिन मिश्रित फल प्रदान करेगा कभी लाभ होता नजर आएगा तो अगले ही पल आपको निराश होना पड़ेगा घर एवं कार्य क्षेत्र पर मनमाना व्यवहार करेंगे इससे आप तो निश्चिंत रहेंगे लेकिन संपर्क में रहने वाले आपके लोगों को परेशानी आएगी व्यर्थ की कार्य करते समय भी मन शौक की ओर आकर्षित होगा आज आप प्रलोभन में अनैतिक कार्य करने से भी परहेज नहीं करेंगे आज धन का लाभ आपको होता दिखाई पड़ रहा है यात्राओं का योग बन रहा है घर में किसी मांगलिक उत्सव का आयोजन हो सकता है व्यवसायी वर्ग नए कार्य में निवेश कर सकते हैं निकट भविष्य में आपको संतोषजनक परिणाम मिलेंगे घर के सदस्य अपने अपने कामों में मस्त रहेंगे कफ से संबंधित या ठंडी चीजों से संबंधित किसी समस्या से आज आप लोग ग्रसित हो सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना है कि सबसे पहले तो आप लोग विष्णु सहस नाम का पाठ करिए दूसरा श्री मंत्र का मानसिक जाप करिए और किसी गाय को आज आप लोग रोटी में मलाई और शक्कर डालकर के या मिश्री डालकर के जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट और तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो तो ये तो था हमारा मेज से लेकर के मीन राशि का राशि कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना बेल आइकन दबाइए यदि पुराने हैं तो इस वीडियो को आप लोग जम के शेयर करिए और नए हैं तब भी शेयर कीजिए और एक बार फिर आप लोगों से निवेदन है कि जय श्री राम का उद्घोष करिए या आप लोग जिस भी धर्म से अपना अपना संबंध रखते हैं जिस धर्म के मतानुमाई हैं मानने वाले हैं उस धर्म से रिलेटेड ईश्वर का जैसे जो है एक सलीम सुल्ताना करके तो वो देखिए राम राम लिखते हैं तो हम उनको अल्लाह हाफिज़ लिखते हैं तो देखिए सभी धर्म धर्मों का आदर करना चाहिए तो आप लोग जरूर जो है कुछ लिखिए अपने उंगलियों को कष्ट दीजिए दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार राम राम